करुण ना तेरी बेसुमार है दया तेरी अपार को बनाया प्रभु तुमने प्रेम दे शांति दिया प्रभु तुमने सारे जग को बनाया प्रभु तुमने प्रेम दे शांति दिया प्रभु तुमने से सुचुड़ाता प्रभु सुतू ही रेहू को उठाता है वही से जुड़ा na teri मूल प्रभु सुतु ही तू साना दूजा और कोई नहीं है जीवन का मूल स्रोत प्रभु सुखू है तू साना दूजा और